दोस्तों क्या आप जानते दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर का अंत कैसे हुआ दरअसल जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने एक साथ काफी सारे देशों से लड़ाई कर ली जिसमें अमेरिका भी शामिल था 1945 में हिटलर के साथी जापान पर अमेरिका ने दो परमाणु बम गिराए ये बम इतने खतरनाक थे की उन्होंने कुछ ही घंटों में दो शहरों को राख बना दिया जापान पर बम गिराने के बाद अमेरिका का टारगेट हिटलर को जिंदा पकड़ना था लेकिन 30 अप्रैल 1945 को हिटलर आत्महत्या कर लेता है और हिटलर के आत्महत्या करने के तुरंत बाद जर्मनी अमेरिका के सामने घुटने टेक देता है और यूँ इतिहास की सबसे बड़ी जंग खत्म हो जाती है